लंपी वायरस ने राजस्थान में कोहराम मचाने के बाद मध्य प्रदेश में भी एंट्री कर ली है जिसको लेकर सरकार ने प्रशासन को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं वहीं अब लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा भी मैदान में उतर आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा की पहल के बाद किसान मोर्चा समेत बीजेपी कार्यकर्ता गौवंश का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं गायों की रक्षा के लिए सरकार के साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने लंपी वायरस को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन करवा रही है सभी बीजेपी कार्यकर्ता किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गौ माता की रक्षा के लिए गाँव गाँव जाकर सहयोग करें खंडवा प्रवास के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने गणेश गौशाला जाकर गौ माता का पूजन किया अब तक गणेश गौशाला में 450 गायों का वैक्सीनेशन हो चुका है गौशाला के लोग गाँव गाँव जाकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं गणेश गौशाला जो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध गौशाला है यहाँ के प्रबंधन के लोगों के साथ मिला हूँ गाय गौ माता के साथ आज पूजन भी किया है और बड़ी खुशी है की यहाँ पर सभी गायों का वैक्सीनेशन हमारे तो गौशाला तो के प्रबंधन समिति ने सबका करा दिया है और भी वो प्रयास कर रहे हैं खंडवा जिले के अंदर जहाँ भी इस प्रकार के गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला के प्रबंधन के लोग हमारे सभी जनप्रतिनिधि सांसद मनी विधायक सभी लोग और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी किसान मोर्चे के हमारे लोग गांव गांव के अंदर भी गायों को वैक्सीनेशन उनको सुरक्षित रखने के काम जुटे हैं मैं गौशाला के प्रबंधन को धन्यवाद करता हूँ तो कि उन्होंने किस प्रकार से बेहतर प्रबंध किया है और वैक्सीनेशन करा करके गौ के सुरक्षा का कवच जो उन्होंने आज यहाँ पर किया है इसके लिए प्रबंधन का बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से अगर अवेयरनेस का अभियान भी सब जगह लेकर के गौशाला को गायों को सुरक्षित करने का काम फिर वायरस से हम करें मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ कि सब मिल करके अपने गौ वंश को सुरक्षित रखने के लिए गौ की रक्षा के लिए हम सब लोग